मैंने तुझे इज्जत कमाने को कहा था तो तू तो कुरूर कमाके आ गया सुल्तान जब मैं कुछ नहीं था ना तब तू भी मुझे छोड़ के चली गई थी जिंदगी से लड़कर हासिल किए ये कामयाबी